जय हिंद ये जी लेक्चर का भाग पाँच है एक से चार तक के यदि आप भाग देखना चाहते हैं तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियोज़ पर पहुंच सकते हैं आप लोग यह वीडियो खासकर जी आई लेक्चरर नागरिक शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी नागरिक शास्त्र और वो सभी एग्ज़ाम जिनमें की प्वालिटी आती है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर इकतालीस से क्योंकि तो एक से चालीस तक जीएस के सवाल हैं जिसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है आप जाकर पहले जीएस के सवाल देख लें और चालीस से एक सौ बीस तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए हम प्रश्न नंबर इकतालीस से शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र का पार्ट पाँच प्रश्न नंबर इकतालीस मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो यह परिभाषा किस विद्वान ने की है ऑप्शन ए गार्नर ने बी सीले ने सी रॉबर्ट डहल ने या फिर डी गटल ने पहली बात तो यह है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए हमारे साथ हल करिए और फिर आखिरी में आप अपने क्वेश्चन के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कितने सवाल आपके सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल प्रश्न नंबर 42 राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स बी एंजेल्स सी लेनिन या फिर डी उपरोक्त सभी तो राज्य का वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी और ये उपरोक्त सभी जो है सभी साम्यवादी विचारक भी हैं प्रश्न नंबर तैतालीस किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास घटिया दर्शन तथा तो घटिया विद के रूप में आलोचना की है आपने सर हेनरी मैन ने बी लॉर्ड एक्टन ने सी हाफ हाउस ने या फिर डी मिल ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन हेनरी मैन ने प्रश्न नंबर 44 निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य यह कथन किसका है आप सॉर्ड एक्टन का बी ह्यूम का सी ब्राइस का या फिर डी लावेल का इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लार्ड एक्टन सूची दी हैं और सूची टू है सूची वन है सूची वन है सूची, वन है, सूची टू है अवधारणा एक साइड में दी गई है प्रतिपादक एक साइड में दिए गए हैं तो ऑप्शन ए है इसमें असीमित संप्रभुता किसने दी है तो असीमित संप्रभुता जो दी है असीमित संप्रभुता जो है ये हाप्स ने दी है सीमित संप्रभुता ये लॉक ने दी है बहुलवादी संप्रभुता ये लास्की ने दी है और एकलवादी संप्रभुता आष्टी ने दी है तो इस प्रकार से, से ए का फोर से ये बी में भी है डी में भी है तो बी का वन से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर छियालीस निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है आपने ए प्रतिशोधात्मक बी प्रतिरोधात्मक सी वितरणात्मक या फिर डी सुधारात्मक इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वितरणात्मक थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं जिससे आप परेशान होने लगते हो प्रश्न नंबर सैंतालीस संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु तो, आवश्यक शर्तें क्या हैं ऑप्शन है भौगोलिक समीपता भी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, था सी केंद्र राज्य समन्वय या फिर डी उपरोक्त सभी तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्र राज्य समन्वय प्रश्न नंबर अड़तालीस संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है ऑप्शन ए विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर बी राजनीतिज्ञों एवं लोक सेवकों के मध्य संबंधों के आधार पर या फिर सी लिखित अथवा अलिखित संविधानों के आधार पर या फिर डी अनम्य अथवा नमनीय संविधानों के आधार पर तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर अड़तालीस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर प्रश्न नंबर 50 नित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है प्रकार का नहीं यह अभिकथन किसका है ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग का बी गार्नर का सी गेटल का या फिर डी लावेल का प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गार्नर का किसने कहा है प्रश्न नंबर 50 प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए ब्राइस बी डाइसी सी सीले डी इस इस प्रश्न प्रश्न का का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीले प्रश्न नंबर इक्यावन निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं जितनी हैं उस पर टिक मारना है आ, एक नंबर है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित बी सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक हाँ प्राप्त है चाहे उसकी नस्ल लिंग रंग या धर्म कुछ भी हो तीन है सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए सर्वसुलभ वैश्विक मताधिकार ऑप्शन फोर राजनीतिक समानता का अर्थ एक वित्तीय एक मत एक मत एक मान है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है तो इसमें कोट का चयन करना था कि कितने कोट सही हैं तो प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो चार के चारों कोट हैं वो सब सही हैं प्रश्न नंबर बावन निम्नलिखित तो में से कौन सा था डिस्टेंस के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है ऑप्शन ए व्यवस्था मध्यकरण बी प्रमाणीकरण सी प्रासंगिकता का सिद्धांत या फिर डी समग्रता तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रासंगिकता का सिद्धांत प्रश्न नंबर तिरपन किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है ए समाजवादियों ने बी उदारवादियों ने सी व्यवहारवादियों ने या फिर डी सामंतवादियों ने प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदारवादियों ने प्रश्न नंबर चौवन संपेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया ऑप्शन ए कालमार्क्स बीका सी काल, काल, का, का, का काल जाफर या फिर डी काल पापर इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मार्क्स प्रश्न नंबर पचपन में फिर सूची दी हैं उनको आपस में मिलाना है तो जो एक नंबर है अत्यल्प राज्य का संबंध होगा ऑप्शन सी से विकासवादी राज्य का संबंध होगा समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ऑप्शन ई से फिर सामाजिक लोकतंत्र राज्य इसका संबंध होगा बाजार अर्थव्यवस्था के अन्याय को दूर करना और ऑप्शन फोर है सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य तो ये नागरिक समाज को नष्ट कर देना चाहते हैं इस प्रकार से प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर छप्पन हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं ऑप्शन ए बेनी प्रसाद बी बी एल सेली सी एनसी सी बंधोपाध्याय डी के जायसवाल तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी केपी पी प्रश्न नंबर सत्तावन राजनीतिक बाध्यता का अर्थ है क्या है ऑप्शन ए राज्य के लिए आज्ञाकारिता बी समाज के प्रति सेवा सी जवाबदेही डी कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता प्रश्न नंबर अट्ठावन लाख के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है ऑप्शन ए संविधा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनी हो जाती है बी संविधा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी की को सहमत नहीं देनी चाहिए सी संविधा जिसमें व्यक्ति हुए कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं डी संविधा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है तो प्रश्न नंबर अट्ठावन का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमत नहीं देनी चाहिए